तो नमस्कार दोस्तों साल 2007 दो हजार वो साल था जिसने पूरे पाकिस्तान को हिला के रख दिया था क्योंकि इस साल पाकिस्तान में एक बॉम्ब अटैक हुआ था और इसका मकसद था बेनाजीर भुट्टो का खात्मा बेनाजीर भुट्टो के रैली के दौरान रैली पर कई सारे बॉम्ब अटैक हुए जिनमें बेनाजीर भुट्टो के साथ 140 मासूम लोग मारे गए जिनमें बड़े बूढ़े के साथ छोटे छोटे मासूम बच्चे भी शामिल थे ऐसे हर साल पाकिस्तान में आतंकवादी हमले होने लगे कुल मिलाके अब तक मारे गए लोगों की संख्या देखे तो अभी तक बीस से भी ज्यादा लोग इन हमलों में मारे जा चुके हैं पर इसके पीछे इन आतंकवादियों का क्या मकसद हो सकता है और जिस पाकिस्तान ने इन आतंकवादियों को पाला पोसा आज वही आतंकवादी पाकिस्तान पर क्यों अटैक करता है पाकिस्तान में आतंकवाद आयाकार ऐसी और इन आतंकवादियों को क्रिएट करने के पीछे क्या मकसद था तो जानेंगे इस वीडियो में आरोप इससे पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल आरोप नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जल्दी ऐसी कर दो तो दोस्तों आपको तो पता है की संघ और अमेरिका दोनों ही कंट्रीज सुपर पावर है और दोनों ही देश अपने बादशाह दिखाने के लिए साल 1979 में अफगानिस्तान पर कब्जा करना चाहते थे इसी के चलते अमेरिका की नजर पड़ती है पाकिस्तान पर और यही से शुरुआत होती है पाकिस्तान में आतंकवाद जैसे समस्याओं की अमेरिका और सोई संघ उस समय के सुपर पावर के आपसी झगड़े में और अफगानिस्तान आरोप राज करने की जिद ने पाकिस्तान में आतंकवाद जैसे समस्याओं के बीच बोने का काम किया फिर पाकिस्तान के हुक्मरान जनरल जियाउल ने कोल्ड वॉर में अमेरिका का साथ देते हुए पाकिस्तान का शहर पेशावर को सोई से लड़ने के लिए हवाले कर दिया अमेरिका ने इस एरिया को सी और पाकिस्तानी सेना ने अफगानी मुजाहिदीन के आतंकवादियों को ट्रेनिंग देना चालू कर दिया इसी के चलते पाकिस्तान आतंकवादियों का घर बन गया तब ऐसी लेकर अब तक पाकिस्तान की इस एक गलती का खामियाजा पेशावर और पाकिस्तानी आवाम को उठाना पड़ा फिर इस जगह ऐसी निकल के आतंकवाद पाकिस्तान के बाकी इलाके जैसे बॉली पाकिस्तान सिंधु और पंजाब प्रांत में पहुंचते चले गए छो संतो 1989 में अफगानिस्तान के हार के साथ पीछे हट गया और अमेरिका ने भी इन मुजाहिदीनों से सारे रिश्ते खत्म कर दिए अब पाकिस्तान में कई सारे आतंकवादी ग्रुप मौजूद है जिनमें से लश्कर ए तैयबा जैसे मोहम्मद जैसे ग्रुप को भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है तो दूसरे आतंकवादी ग्रुप जैसे पाकिस्तानी तालिबान तारीख तालिबान जमालुल उल ये पाकिस्तानी सरकार को उखार अपना इस्लामी कानून लागू करना चाहते है इसलिए यह ग्रुप हर साल पाकिस्तान में बॉम्ब अटैक करते हैं पाकिस्तान में इन आतंकवादियों को खत्म करने के बजाय पाला पोसा और आज यही आतंकवादी पाकिस्तान का नामोनिशान मिटा देना चाहते हैं। आज पाकिस्तान आर्थिक संघर्ष ऐसी तो जूझी रहा है ऊपर से इन आतंकवादियों ने इन पोर्गियों का भी हराम कर दिया है पाकिस्तानी आवामी पैसी तड़प रही है इसलिए यह आतंकवादी पाकिस्तानी आवाम को बम खिलाने पे तुले है आपको क्या लगता है पाकिस्तान इन मुश्किलों ऐसी बाहर निकल पायेगा कमेंट में जरूर ऐसी बताना और हाँ आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर ऐसी कर देना तो मिलते है अगले नेक्स्ट वीडियो में